अब देखता घर जाके क्या बापू होगा नहीं होगा पता नहीं होगा होगा? किस हाल में नो नो नो नो। तो ताला लग रहा बापू अब बापू होएगा होगा जब ताला लग रहा है यहाँ पे किस से ओ भैया भाई भाई। तो दिनों से और बता क्या भैया बापू देखा मेरा उन्होंने तो पॉजिटिटिक की दुकान खोल रखी है तो हाँ पे किस जगह अब भाई यही नुक्कड़ पे वो लुगाइयो का सामान देखे हैं वो तो छोड़ जा नुक्कड़ की दुकान है माता रानी की ए, ए, जल्दी जल्दी भेजो भेजो मैंने पोस्टमार्टम की खोली है ऐसे भेजो, जो एक दिन में एक आ गई पूरे दिन की पूर्ति कर हो गणेश महाराज की जय हो लक्ष्मी जी की अरे आजा भाई घर गुराक है दो चार से सामान देख क्या क्या खत्म होगा भी ना ना भी लाना यार चश्मा चश्मे का होता है ना। नजर कमजोर होगी कान के साथ साथ नजर भी गई भी थोड़े से लाने दस पैकेट हगीज के लवली हाँ, तो लिपस्टिक लगाने से ना तो बढ़िया दिखा है और फटे हुए ना दिखते है एक से एक लुवाई लगा मस्त एक डिब्बा लिपस्टिक और कह रहेगा भाई सिमरक बिंदी सिमरक बिंदी एक लड़ी सिमरक बिंदी और तो सब लिखा है और तो करीब करीब सभी है और बाद में देखा है तड़के को देवे सामान को कोई दक्ष मत देर देर हो गई अब तो हां भाई साजा का छल्ला दे दियो क्या छल्ला छल्ला जैसा बालों तो को छल्ला चाहता है तो मैं रहता हूं ऐ लूक है ना बालों का छल्ला मैं क्या भैरा सुन रुक जा अभी अभी ला रहा हूं छल्ला चाहिए मैंने बोला नुकरा के ओह नो लगा लते है लड़की ना मेरे गसीटा गला के छल्ला हां एक कभी ना दोगे तो ऐ छल्ला छल्ला इधर डक्कन भी भेज रहा घसीटा ना, जा, जा। ना, ना जाता ना तो घसीटा खुलवाता ही दुकान अब मुझे चलानी पड़ती है बड़ा पे मैं कोई ग्राहक आ गया क्या वह क्या यार मैं समझू क्या कानों से तो बहरा होगा आपसे तो ग्राहक भी कमजोर हो रही है पता ना कब आएगा किस दिन आएगा घसीटा इश्ते में छपाए हुए इतने दिन बीत गए खाना कहाँ है यु असीटा? बिज़ेत आने मेरे बाबू की दुकान देगी? हाँ यु नुक्कर पे गया था मेरे बाबू की दुकान। दूर है दूर है? यु नुक्कर पे ही हैं ये। माँगा छल्ला दे वा कल्ला। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा? हाँ चल ले घूमना भी। अच्छा ठीक है। बाबू, बाबू आ रहे हो। असीटा बेटा, आ जाओ बेटा। बापू ठीक है हाँ बढ़िया बापू किसकी नौकरी कर रहा तू कपड़ा किस पे मार रहा छोकरी पे कपड़ा मार रहा छोकरी ना बेटा बापू अपनी तो थी थी थी आ? अपनी आ तू है लुच्ची कुंडी वाली किसकी दुकान है तू बहुत अच्छा बापू ये चूड़ी कंगन भी मेरे है बापू ये चूड़ी कंगन मेरे ही है बापू मेरी बापू मेरी भी तो सुना तो तो तो तो तो। तो। तो हाँ बेटा तेरी भी लाऊंगा शादी शादी करवा मेरी तू कहा इतने दिन से बापू मैं तुमसे बाइक नह रहा तुमने बाइक तो दिलाई नही दुकान को खोल गए इससे तो चाय बाइक चाय हाँ दुकान सही चाय की दुकान तो तो तुझे? ना? चाय तो नरेंद्र मोदी जी बन गए तू का बन जाता? भाई भी, भी सही कह रहा तू? तो। बापू वा, मेरे दिमाग से नहीं तो तो लगाने की लग गई बेटा तू यहाँ आना मैं सोची कुछ ना कुछ मैं सोची की कॉस्मेटिक की दुकान करिए नहीं कोई मेरे यार ने पढ़ के बताओ तुझे केिखा मैं कितना हूं। तो, पता करूं। अब तो यार चल यारेगा तो ठीक oh तो तो तो है ठीक है बापू अरे हाँ तो भैया अरे हसी राम राम जी राम राम राम राम ठीक हो भाई भैया खैरियत खैरियत है अरे वैरियत क्या और बस क्या मैं एक तो हंसी हंसी की हसी। एक गम का गम अच्छे तो होना पड़ा मुझे गर्मी की गर्मी बड़ा परेशान में मैंने भैया पड़ोसी में आके भैया नहाँ पे जो है घसीटे की जगह में है है है दुकान है। पड़ोसी ने जो बताई मुझे तो भैया घसीटा की पे मैं बोला घसीटा तो मेरा यार है और तो भैया मैं जो है पूछता पूछता पूछता आया अरे भैया घसीटा क्या हुआ मेरा होगा ऑटो तो खराबे चाचा हाँ बेटा हाँ मैं बता रहा पीछे पीछे पीछे चाचा, पीछे पीछे। पीछे... लगते नहीं। चाचा मेरे भी तो नहीं पीछे पीछे पीछे पीछे पीछे चाचा चाचा चाचा मेरे मेरे मेरे लगते नहीं भी भी तो नए हैं बापू भैया ठंडा ठंडा फंडा डंडे लो बापू मेरा दोस्त है डंडे सब बता रहा ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक बोतल पानी पानी पानी कम है पीने चला बेटा दो लिया। बाबू सूखा पड़ा आने दे। छोड़ तो दोन में बुखार पानी भैया चाहिए भैया कुछ ना। बस यू है कि मिल गए चाचा मिल लिए। पर लेकिन क्या बता मैं चाचा तो सोच रहे हम गले मिले तो <laughs> चाचा तो नो कहना मेरे लगते जाए जाए तो लगते नहीं हैं। हाँ काले काले पीले क्या चार भैया घसीटा बड़ा परेशान होता होता मैं तो जो है मैंने पूछी की भैया क्या करना है क्या हाँ। एक बात बताओ।, हाँ, बताओ। कहिए ना ना ना। मेरा बाप तो सुने है। लग गए। जब सुना राजीना रा, रा रा पड़वा तेरे से हाँ। उसे, क्या तेरे से सारा कह रहा हूं। क्या रहा से लोड़ लोड़ रहा तू? इतनी ऐसे-ऐसे कर है। है अब ना इसके ना दुकान के बारे बता दोस्त ले बुढ़ा भी कहाँ भी का दोस्त है ले नहीं पीछे लिपस्टिक बिंदी लेऊंगा तो मैं तो जो है पीछे ये तीन दर्जन कच्चे इसे पैक करके दे दे इसके बाल अगर छोटे छोटे पहन पाल लेंगे बाबू खोटे बाबू छोटे छोटे छोटे छोटे चल भैया जब मैं आया हूँ तो जो है सामान छल्ले और तुमने बता दिए और क्या लिपस्टिक वगैरह है ना हाँ और वो जो है क्या बोल रहे अरे लाई लाई नियर आखों वाला हाँ हाँ वो भी है के के लिए? तो काले कम हो रहे? करता उस कर भी उसका चाहिए अरे भैया इसमें एक आधी तो एक आधी आप है मेरे बाबू को घेर दे ताकि नजर सही दिखाई दे जावन बाबू चाचा चाचा चाचा बेटा <laughs> <laughs> <laughs> ऐसा कुछ और चीज तो तो बता टाइम खोटी मत है मैं मैं है चाचा गर्मी लग रही है मुझे। तो गर्मी तो मुझे भी लग रही रही मुझे मुझे भी अब जो है मेरे दिमाग में एक बात आई लाइनियन नियन ना लू मेरे हाथ ही हो रहे मैं बोला पहले चाचा से प्रैक्टिस करके देख सही सही चलो चाचा एक चीज और जाता बालों की डाई oh no. तो को बता चाचा मुझे डाई hey. डाई दे दो क्या ताई आ, तेरी ताई, है, तेरी ताई ताई है, ताई है, ताई तेरी तेरी तेरी है ताई है घर मैं ताई, ताई दिख रही हूं। चाचा मैं डाई मांग रहा हूँ मेरे हाथ काले वाले डाई बालो की डाई है ना डाई मैं बाल करने वाली डाय अच्छा वो पोतने वाली बाल अच्छा उसे कर दूंगा वो क्या बोला है बाद में जिम्मेदार नहीं हूँ तू समान दे रहा यू सामान ले रहा दे सकते पैसे पूरे एक रुपये में छोड़िए रुपया है का का पूरा ऑनलाइन करा देना चाचा राम राम राम राम बस Oh, oh, oh.